आप रेने ये नहीं होगा

sab ap bhai jo jab baith gaye hai bhai bhai

हमारा नया देना ऐसे बेटा इसे पुराना देना पुराना देना नया का सब एक हो बोल चढ़ाते जाना भैया अंदर कुछ नहीं जाएगा का दर्शन नहीं बोला रुक बोल चढ़ाते आना चढ़ाते आना बैठेगा चक्कर करता है नया पहन लेता है

दे आप को करा के याद दिलावा को करावा बाकी है

कराने कराना

में लगे तो, कर तो, तो मैं बचाऊ क्यों मैदान में छोड़ना है दो

है हमलो दो है वास्तव में जो पहला लोग कारो बोले हां हमलो दो है लोग पुलिस वाला बोले हेलो हां है हां

हाँ हाँ हाँ हाँ अपना मैदा लग्न मैं हाँ हाँ

हाँ नवन भाई आगे नंबर बता रहा है हाँ निन्यान दो सौ त्रेस सरवन भाई नंबर नाम कौन सा

अगर बड़ी

आज सोमवार है अभी सोमवार है गोंडवाना चलो

ए तो वो तो

तरु आगे पीछे करते जाएगा बढ़ते जाऊंगा मर जाएगा

बात <laughs> राष्ट्रीय <laughs>

और उधर पे कौन है प्रकाश भाई मेरा मिलेगा मिलेगा क्या कहियो सरकारी करता कौन है यार में ले लो